हेलो दोस्तों तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना वीडियोस कैसे बनाते हो तो दोस्तों आप सबका स्वागत है तो दोस्तों आपको काइनमास्टर मास्टर पर जाना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है आपको नाइन सिक्सट पॉइंट सेलेक्ट करना है ये वाला रेशो जो आपको दिख रहा है ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ आ जाओगे इमेज पर क्लिक करना है एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है आपको ये ले लिया मैंने ये लेने के बाद हम इसको थर्टी सेकेंड का कर लेते हैं 30 सेकंड का मैं कर लेता हूं इसको पहले तो जैसे ही ये 30 सेकंड का हो जाएगा आपको यहां आ जाना है बैक दोबारा से ये यहाँ तक हो गया लेंथ होने के बाद आपको फिर आपको लेयर पे चले जाना है लेयर पे जाने के बाद ये फिर से इमेज ले लेना है और एक वाइट बैकग्राउंड लेना है वाइट बैकग्राउंड लेने के बाद हम इसको रोटेड करेंगे रोट करने के बाद यहाँ तक तो मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करके तो जूम करके हम इसको फिक्स करेंगे थोड़ा ये मैंने ले लिया लेने के बाद मैं जैसे ही जैसे करता रहूँगा गाइज वैसे ही आपको बिल्कुल करना है और इसका लेंथ मैं 30 सेकंड तक कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोज़ में 30 सेकंड हो सकता है एक मिनट भी हो सकता है तो आपको उसी हिसाब से लेंथ लेना है फिर हम लेर पर जाएँगे लेयर पर जाने के बाद फिर बैकग्राउंड पे जाएंगे फिर वाइट एक बैकग्राउंड लेंगे लेने के बाद इसको भी हम जूम करके बड़ा करेंगे बड़ा करने के बाद अपने हिसाब से सेट करना है बिल्कुल बीच में ताकि हमारा लोगो ना है क्योंकि कैन पे अब लोगो रिमूव नहीं होता नहीं तो वो इंस्टॉल ही नहीं हो पाता न्यू डिवाइसेस में ओल्ड डिवाइस अगर है तो हो जाएगा मोड डाउनलोड वहाँ से क्रोम ब्राउज़र से तो दोस्तों यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लेना है फ़िक्स करके फिर आपको लेयर पे जाना है एक दूसरा लेयर लेना है मैं ये एलो वाला लूँगा ताकि यहाँ पर टैक्स ना बड़ा बढ़िया से ग्लो करता है तो इसको मैं ज़ूम करके सेट करूँगा यहाँ तक ले आता हूँ पहले लेंथ फिर इसको हम थोड़ा जूम करेंगे जूम करके वहाँ सेट करेंगे सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ तक रखना है ताकि आपका वीडियो यहाँ तक लगे और यहाँ आ गया ये सेट हो गया और यहाँ इसको हम यहीं छोड़ देंगे अभी ये फिक्स हो गया फिक्स होने के बाद हमें और एक लेना है इसको मैं सेट कर लेता हूँ ठीक से थोड़ा फिर लेयर पे जाएंगे एक बैकग्राउंड लेंगे ब्लैक ब्लैक ले लेंगे ब्लैक में ना आपके जो टैक्स है वो वो भी देख, दिखता है बढ़िया से आप कोई से भी कलर का ले सकते हैं तो मैं ये ले लेता हूँ और इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं या मैं नीचे ले आया यहाँ तक ताकि हमारा ये टैक्स यहाँ तक दिखे बढ़िया से तो हम यहाँ तक ले लिया हमने ये लेने के बाद हमें अब वहाँ जाना है यहाँ आता आने के बाद वीडियोज़ लूँगा मैं ये वीडियोज़ हैं जो मैं वो करता हूँ स्नैप चैट से बनाता हूँ ये स्नैपचैट से मैं वीडियो बनाया और ये यहाँ तक मैं लिया है ये सेट कर रहा हूँ बढ़िया से जहाँ तक हमारा वाइट है ब्लैक कहाँ यहाँ तक सेट करा और फिर हम यहाँ ले आने के बाद सेट करके ठीक से आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से ताकि आधा वीडियो आपका इस पर और थ्री डोर पर क्लिक करके सेंट टू बैक में आपको क्लिक कर देना है तो ये अंदर की हो जाएगा तो आपको ये वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आप एक जो वीडियो फ़नी वीडियो के साथ सेट करना चाहते हैं जो भी आपका रिएक्शन हो रिएक्शन देना चाहते हैं उस वीडियो को आपको ले लेना है ये उर्फी जावेद का वीडियो है ये मैं नहीं लूँगा ये कॉपीराइट हो सकता है तो इसको मैंने हटा दिया फिर जाएँगे डाउनलोड पर डाउनलोड पर जाने के बाद ये मैं एक वीडियो ले लेता हूँ दोबारा से ये टॉयलेट वाला वीडियो मैंने ले लिया ये मैंने अपलोड कराया रिसेंटली लेने के बाद इसको मैं सेट करूँगा ये थोड़ा जूम करा और इसको भी हम सेंट टू बैक करेंगे ये सेंट टू बैक मैंने क्लिक किया ये अंदर की ओर हो गया देखिए अभी रिएक्शन बिल्कुल सीख से हो पा रहा है तो गाइज़ आपको यहाँ तक ये यह सेट कर लेना है ये देखिए यहाँ तक ये यह लेंथ सेट हो गया सेट होने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है थोड़ा मैं इसको कट कर लेता हूँ ऊपर का जो बैकग्राउंड होता है यानी आप जितने मिनट का वीडियो बनाना चाहते हैं वहाँ तक आप कर सकते हैं या लेंथ को आप बड़ा भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा और इसको मैं टेक्स डालता हूँ मस्त वीडियो ये मैंने टेक्स्ट लिखा लिखने के बाद थोड़ा वो कर देंगे ये हाँ मैंने अंडरलाइन करके फिर हमें आग या फनी हंसने का जो आपको टाइटल लगाना है वो लगा सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ रहता है ये हमने यहाँ तक लगा दिया लगाने के बाद इसका लेंथ में थर्टी सेकंड तक कर लेते तो हूँ जहाँ तक मेरे वीडियो का लेंथ है वहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ जाना है और नीचे क्लिक करके ये वाला टैक्स सेलेक्ट करना है ये वाला टैक्स थोड़ा बढ़िया से दिखता है ये दिखने के बाद आपको ये ग्लोइंग पे जाना है ग्लो पे मैंने क्लिक करा और ऑन करके मैं ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा येलो पे क्लिक करा ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया मैंने और इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ लेंथ को बढ़ने के बाद ये देखिए आपका वीडियो थोड़ा ढंग का दिख रहा है अब और फिर से हम एक टैक्स लेंगे इसको मैं कापी कर लूँगा आप कापी करके भी डाल सकते हैं मैं कॉपी डबल टैप करूँगा यहाँ आ गया ये यहाँ आने के बाद इसको हम एडिट करेंगे पूरा हटा देंगे लिख देंगे सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब लिखने से ये होगा क्या पता कोई बंदा देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तो मैं सब्सक्राइब लिख दूँगा सब्सक्राइब लिखने के बाद यहाँ हम इसको ऐड कर देंगे ये आ गया और ये यह यहाँ तक हो गया लेंथ यहाँ से होने के बाद इसको हम हटा देंगे मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ ये हैं बहुत सारे स्टिकर्स हैं जो आपके सब्सक्राइबर के बहुत सारी चीज़ दिखाएगा ये सब्सक्राइबर वाला लोग है जो मेरे पे हर वीडियोज़ पर ये आता है तो इसको हम यहाँ सेट कर देंगे सेट करने के बाद ये देखिए ये ऐसे ग्लोइंग करता रहेगा इसका लेंथ में बढ़ा कर देता हूँ यहाँ तक यानी हर वीडियो में अब ये ऐसे ग्लो करता रहेगा सब्सक्राइब करने के लिए बोलता रहेगा तो आप ये भी सेट कर सकते हैं बहुत सारे हैं स्टिकर्स जो आप यूज़ कर पाएंगे अपने वीडियोस में तो मैं तो ये यूज़ करता हूँ आप कोई सभी यूज़ कर देखिए ये हो गया साउंड को मैं बंद कर दूँगा ताकि कॉपी ना आए और मैंने ये ऑन करा और ये देखिए ये वीडियो चल रहा है और ये यहाँ पर रिएक्शन भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है और होने के बाद आपको सिंपली अभी यहाँ लेआउट पे जाना है स्टिकर देखिए कोने पे से आप स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से जिस भाई को आप क्लाइनर के बारे में पता है वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली तो यहाँ से आप बहुत सारे स्टिकर्स हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई ईशू नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाता है मैं बैक कर लूँगा ये यह यहाँ सब कुछ सेट है सेट होने के बाद आपको बस ये ये वीडियो बन गया आपका मैं इसको ये रेजोलेशन पे करूँगा चौदह चवालीस पर और उसके मैं एक वो कर लेता हूँ सेफ़ नेट बंद कर लेता हूँ ताकि आपका एड ना आए क्योंकि काइन में अब बिल्कुल ये वाटर मार्क मोड में ही आता है हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है या इंस्टॉल ही नहीं होता चल नहीं पाता है ठीक से तो ये वीडियो हमारा बन गया रहा है ये सेफ हो गया वीडियो तो हम YouTube पे आएंगे सिंपली YouTube पे आया मैं ये YouTube पे आ गया मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ प्लस के आइकन पे और ये यहाँ से शॉर्ट वीडियो में आ गया और वहाँ आपका 15 सेकेंड 30 सेकेंड का कर सकते हैं आप ये मैंने वीडियो सेलेक्ट करा ये देखिए हमारा वीडियो अब बनके बिल्कुल तैयार है शॉर्ट वीडियो ये आप थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन गया है और ये शॉर्ट वीडियो से मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा प्रोसेसिंग लेगा प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए आपके वीडियो अभी अभी नेक्स्ट करूँगा मैं ये हमारा ये देखिए फुल शॉर्ट वीडियोस जो है ऐसे देखेगा मैं ही अपना शॉर्ट वीडियो ऐसे बनाता हूँ और कोई वो नहीं है ट्रिप्स एंड ट्रिक आपका वाटर मार्ग बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि कैंड मास्टर से वाटर मार्ग हटाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है और देखिए ऐसे काम कर रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग